हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैं अनूप आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक्निकल बल्स के अंदर मैं आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित और अच्छे होंगे अपने अपने घरों के अंदर आज का जो टॉपिक है वो है कि हम कैसे स्टॉक्स चुने अपने इंट्राडे के लिए ठीक है क्योंकि हमें हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छे और बेहतरीन स्टॉक्स नहीं चुन पाते हैं क्योंकि जब भी मार्केट शुरू होता है वो ऊपर चला जाता है वो ऊपर चला जाता है वो स्टॉक निकल गया ये स्टॉक निकल गया जिसके बारे में सोचते हैं वो हाथ से निकल जाता है एक प्रॉपर प्राइज एक्शन नहीं मिल पाता है एक प्रॉपर टेक्निकल चार्ट नहीं देख पाते तो इस तरह की बहुत सारी जो हैं इशूज़ हर इन्वेस्टर के साथ शुरू शुरू में आती हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप अगर परेशान हैं कि मैं कौन सा स्टॉक चुनूं तो आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन लेकर के आया हूं जिससे कि आपको परेशान नहीं होगी और आपको अगर प्रॉब्लम होती है जो कि टेक्निकल एनालिसिस करने में जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स हैं कि वो कितनी स्ट्रॉग हैं उस पर कितना कर्जा है या नहीं है या कंपनी का क्या बैकग्राउंड है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें आपको वो हम करके देंगे इसके अलावा आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए क्योंकि आपके लिए एक क्वालिटी स्टॉक जिसे कहते हैं ना बंदा जिसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है ये एटलीस्ट अपने डेली वेजेस के अकॉर्डिंग कुछ पैसा तो निकाल ही सकता है तो वो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा जो स्टॉक सीरीज़ है वो थर्टी मई दो के लिए है जो हमारा इंट्रा कॉल है वो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ तो आज शनिवार का दिन है आपके पास कल का पूरा दिन है आप इसको अंदरवेज़ कीजिए अपने भी आप भी, भी एक बार जो मैं स्टॉक्स दे रहा हूँ और उसको शुरू करते हैं तो हमारा पहला जो स्टॉक रहेगा मार्केट के अंदर रहे वो रहेगा ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम करेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो वो छः के आसपास है और पिछले महीने इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई थी और पिछले जो मई का सीजन रहा है जो अभी भी है तो उसमें फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी चले थे तो इसका जो सी एम पी है वो अभी फ़िलहाल छः के आसपास है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक या दो सेशन के अंदर ये जो स्टॉक है ये 620 को टच करेगा डेफिनेटली करेगा और इसको एग्जीक्यूट करते हुए तो बस आप इतना ध्यान रखें कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको नीचे की तरफ रखना है जो कि है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ यानी कि छः के अंदर ठीक है तो ऑल द बेस्ट विध क्लैनबर्क फार्म स्टिक्स नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है गोदरेज कंज्यूमर्स तो गोदरेज कंज्यूमर्स आपको पता है समर्स चल रहे हैं फ्रिज एसी कूलर इन सब की बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर और लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि सारे स्टोर्स जो हैं इंडिवल स्टोर्स और मॉल्स वगैरह जो हैं वो नहीं खुले हैं तो अभी जैसे ही आपको पता चला है कि मंडे से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो इसके अंदर काफ़ी हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा स्टॉक्स के अंदर तो मुझे नहीं पता मंडेज के अंदर क्या आपको एट फोटी मिलेगा या नहीं मिलेगा बट मेरी यही है कि इसके सी जो एट है और उसका टारगेट जो मैंने रखा है वो एट रखा है हमेशा की तरह एक स्टॉप लॉस मैंटेन कीजिए एट यानी कि के ऊपर, ओके? चलिए, जो है हमारे में, वो है आपका एम, एम, एम जो है ये भी कमाल का स्टॉक है इसके अंदर बहुत रहती है, और आपको डेली एक तीन चार पांच तीन चार पांच दस रुपए के आसपास आपको मिलेगा तो अभी जो आप इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे वो के आसपास और हमने जो इसको टारगेट रखा है वो रखा है अराउंड एक सौ के आसपास और एज यूजुअल आप इसके अंदर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए जो कि की है एक सौ के आसपास और ये भी इंटर प्लस पोजिशनल कॉल है अगर आपको एक सौ का टारगेट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके तुरंत बाहर लेते हैं ठीक है ऑल द बेस्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे लिस्ट के अंदर वो है आपका एस्कॉट्स लिमिटेड एस्कॉट्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा बॉजिश हूँ क्योंकि एस्कॉट्स भी वही स्टॉक है जो कि बिल्कुल नहीं चल पाया लॉकडाउन की वजह से और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी ब्लड रहती है लेकिन अगर आप पिछले कुछ सेशंस में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर मूवमेंट रहा है तो एस्काट की जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है सौ रुपए के आसपास है और इसका टारगेट जो हमने रखा है वो रखा है अराउंड बारह सौ का और आप हमेशा की तरह इसमें एक स्टॉप लॉस मैंटेन कीजिए जो कि की है ग्यारह सौ के आसपास और एस्कॉट्स के आप ध्यान रखिएगा कि ये एक लॉन्ग टर्म और इंटर दोनों कॉल है अगर आपको इंटर के अंदर 20, 30, 50 रुपए का प्रॉफिट भी मिलता है तो आप प्लीज़ इसको बुक करके निकलिए और आप इसे फ्यूचर्स के अंदर भी प्ले कर सकते हैं तो हमेशा की तरह स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा जो कि की है ग्यारह रुपए के आसपास और अपना प्रॉफिट लेकर के तुरंत बाहर निकलिए, क्योंकि इंटर कॉल के अंदर भी इंक्रूडेड है ठीक है चलो ऑल द बेस्ट विद एस्काउट्स लिमिटेड हमारे नेक्स्ट स्टॉक जो कि लिस्टेड है आज हमारे इस लिस्ट के अंदर वो है डी लिमिटेड डी आपको पता है बेहतरीन स्टॉक DLF एक ऐसा स्टॉक है जिसके सी आज के डेट में टू एटी है और टारगेट जो है इसका बहुत इजीली 303 तक टच होगा और इसका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है दो सौ के ऊपर DLF मैंने इसलिए आपको रिकमेंड किया है क्योंकि जैसे कि पेंट्स केमिकल्स और जैसे कि अपने जो कारपेंटर लोग हैं ये सब रुके हुए थे लॉकडाउन के अंदर जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो इनकी बहुत ज़्यादा सर्विस में डिमांड होगी और डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोन करेंगे तो अगर आपको दो के ऊपर स्टॉक मिलता है तो ऑल द बेस्ट हमारे नेक्स्ट स्टॉक जो है लिस्ट में वो है टाटा मोटर्स देखिए टाटा मोटर्स आपको पता है इनकी जो चाइना में अपनी प्रोडक्शन है वो काफ़ी टाइम से शुरू हो चुकी है और इनका काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो आपका जे और लैंड रोवर से आता है जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है तो आज की डेट में इसका जो सी है वो तीन है और टारगेट मैंने रखा है इसका तीन के आसपास और आप प्लीज़ एक दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टॉप प्लस जरूर मेटेन कीजिए तीन के आसपास क्योंकि इसके अंदर शॉट सेल्स भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है बट मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट तीन सौ तैंतीस जो है मंडे के टारगेट सेशन के अंदर तो जरूर हिट करेगा तो टाटा मोटर्स के ऊपर नजर रखिए और अपना भी थोड़ा सा एक फंडामेंटल जरूर अप्लाई कीजिएगा ओके चलिए ऑल द बेस्ट नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक आता है हमारे लिस्ट के अंदर वो है कैनरा बैंक ठीक है कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है और इसके अंदर जो आप देखेंगे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है लेकिन फिलहाल जैसे पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स आई है स्मॉल स्टॉक्स के अंदर और पीएसयू बैंक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर करके सामने आए हैं तो इसका जो सी हमने रखा है वो रखा है वन सॉरी सी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो इसका एक है टारगेट एक और हमेशा की तरह आपको स्टॉपलेस मैंटेन करना है एक के ठीक है और स्टॉपलेस जरूर मेंटेन कीजिए और इस बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशल है तो आप इस पर भी अपनी नज़र बना के रख सकते हैं ठीक है ऑल द बेस्ट कैमरा बैंक के लिए आपका नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे लिस्ट में आज शामिल है वो है अशोक ले लैंड अशोक ले भी सेम फंडा आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर जो है इनकी बिक्रियाँ नहीं हुई हैं और ये स्टॉक जो है उतना नहीं चल पाया है लेकिन फिर भी अगर आप इसके अंदर देखें तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स रहते हैं वालेटिकटी भी सही रहती है और स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम जो है क्योंकि वॉल्यूम बहुत मेंटेन और बहुत मेटर करता है तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम सही मिल रहा हो तो आप डेफिनेटली इस वॉल्यूम वाले स्टॉक्स के अंदर आप ट्रेड कीजिए क्योंकि ऐसा ना होना कि आप स्टॉक लेकर बैठ जाएँ और उसके अंदर वॉल्यूम ही ना हो रहा बेच ना पाए तो अशोक लिंग के ओर नजर रखिए मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसका जो सी है वो है एक और टारगेट जो हमने इसका रखा है वो रखा है एक स्टॉप स्टॉपलेस आप रखिए इसको एक सौ के आसपास अशोक लीलेंड की भी सेम पोजीशन इंटरडे प्लस पोजिशन कॉल है आप इसको एक या दो ट्रेडिंग सेशन में आपको ये प्राइस जरूर हिट होता हुआ दिखेगा सो so, ध्यान रखें एंड ऑल द बेस्ट विद दी अशोक लीन स्टॉक हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे लिस्ट के अंदर वो है आपका जस्ट डाइल देखिए जस्ट डायल की एक खासियत है जब ये चलता है तो चलता ही रहता है और जब ये नहीं चलता है तो रुक ही जाता है और लास्ट के कुछ सेशन में जो इसने रैली बनाई है तो उसके सी एम पी जो है अभी नौ सौ पंद्रह है और टारगेट जो है वो एक रुपए का रखा है और स्टॉप प्लास बस मेंटेन के जाए आठ सौ यानी कि एट ट्वेंटी के आसपास तो इसके अंदर रैली ज़रूर बनेगी आगे क्योंकि इसने अपने जो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन हैं से उसमें काफ़ी अच्छा उसने जो है परफॉर्मेंस दी है तो ध्यान रखिए जर्जल के ऊपर नज़रिया बनाए रखें और ऑल द बेस्ट विद जल लिमिटेड हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे लिस्ट के अंदर वो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि सीडीएसएल सीडीएसएल में आपको बता है एक गजब का मूव रहा है क्योंकि सीडीएसएल जो है वो काफ़ी अच्छा वैल्टिलिटी के साथ और काफ़ी अच्छा जो है प्राइस हमेशा से देता आया है आप इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी ट्विट कर सकते हैं अगर आपको इसका प्राइस ज़्यादा हाई लगता है तो क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है ये बिकॉज इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 987 एट्टी है लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छा इसका टारगेट भी सॉरी एक जीरो लगाना गलती से रह गया होगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि टारगेट जो इसका वो वन थाउजेंड के आस है और स्टॉप लॉस जो हमने रखा है इसका वो रखा है नौ सौ के आसपास तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप लॉस जरूर मेनटेन कीजिए इस चॉक के अंदर भी, ठीक है और टारगेट इसका एक हज़ार आपको मंडे या ट्यूजडे या बैट मैक्सिमम वैटनेस तक के सेशन के अंदर आपको जरूर टच होता हुआ दिखेगा तो ऑल द बेस्ट विथ सी डी बाकी अभी तक अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मजबूलीगा और अपना ध्यान रखें कोरोना चल रहा है घर में रहें जर जरूरत रह हो तभी बाहर निकलें अध्यथा घर में रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें धन्यवाद थैंक यू सो मच